दुकान में अंधेरी गली रात मेरे आंसू की बौछार में सुबह बरसात सातना जाने की बार गिरा हार लिए फार नजरों में लिए आस पर उठा हर बार कहानी चाने पे चाने साफ पानी सी खुद की खोज ऐसी सोच की आजादी की मुश्किलों के भोज से रोज की आसानी की रब को कोसने से लेके उसकी मेहरबानी की जी लगाम तो मुड़ी पर छाई खामोशियों से मिलकर मैंने ढूंढी है लिखाई मेरे हाथ बहुत ज़िंदगी भरी हर हर ज़िंदा बचपन जब सपनों की तार से जोड़ी सांस खो जा दिल केला था तब कागज का था पंखोले उड़ाएक बाजी है आकाश आकाश आकाश आकाश आकाश आकाश का आ आ